सिंगरौली में दो दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए जिससे एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है शादी का एक दिन पुराना खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ी जिसके बाद सभी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे जहां सभी का इलाज कर छुट्टी कर दी गई है सिंगरौली के जियावन में ग्रामीण के शादी समारोह था और बारह विदा होने के बाद दूसरे दिन घर वालों और रिश्तेदारों ने शादी का बचा हुआ खाना खा लिया जिससे दो दर्जन से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए दूसरे दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ता देख सभी उपचार के लिए देवसर पी हॉस्पिटल पहुंचे जहां आठ साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि डॉक्टरों की निगरानी में सभी पीड़ितों का इलाज कर कुछ देर बाद सभी पीड़ितों को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया वहीं बच्ची की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है ग्राम चौधरी जगदीश सिंह नौ तारीख को तो शादी थी शादी के पश्चात भोजन बचा हुआ था दस तारीख को वहाँ बच्चे खाना खा लिया इससे उनको फूट बाजी में शिकायत हुई एक दिन तक इन लोगों ने किसी को बताया नहीं 11 तारीख 12 तारीख की सुबह इन लोगों ने सचिव के माध्यम से बताया कि उल्टी हज की शिकायत है तत्काल यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की टीम समस्त फास्टिकोला पहुँच करके गांव में ही शिविर किया और वहीं पे लोगों को डिपह करके 9 तारीख को बारात हुई तो दूसरे 10 तारीख को बारात विदाई हो तो नौ तारीख रात कुछ बच्चा भोजन था चावल दाल था जो दूसरे दिन बच्चे सभी बारात विदाई के बाद खा लिए थे दस ग्यारह बजे के बाद तो वही तो थोड़ा धीरे धीरे करके हुआ तो पहले सोच सोच लीजिए ठंडी का शिकायत है फिर तो कुछ उधर अपना जादू टोना को करके झाड़ फूँक पड़े रह गए तो जैसे पता चला उसे टीम वाले पहुँचे तो उसमें से बच्चे थे लगभग पाँच साल से